हेलो एवरीवन आज हम बनाएंगे बेसन का इंस्टेंट चिल्ला जो कि सिर्फ पांच मिनट में बनके तैयार हो जाएगा जिसके लिए हमने बेसन के अंदर प्याज नमक मिर्च प्याज हमने थोड़ी सी चोट मार के डाल लिया है बेसन का चिल्ला बनाने के लिए हम तवे को गर्म कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तवा हमारा नॉन है अगर आपका तवा बिना नॉन होगा तो तेल जैसा हमारा भाग रहा है आपका तेल वैसे नहीं भागेगा तवे से सो तो अब धीरे से उसके ऊपर अपना बेसन का घोल डाल लेंगे और उसको अच्छे से फैला लेंगे अब इसे दोनों साइड से तेल लगा के सेक लेंगे अच्छी तरह हमारा बनके तैयार हो गया अब आप चाहे तो इसको अचार से सिखाई ये जो अचार है आपके सामने इस का अचार है अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ये है धनिया की चटनी धनिया प्याज की चटनी अगर आपको ये भी बनानी सीखनी है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वैसे ढूंढने में आपको इतनी परेशानी नहीं होगी क्योंकि हमारा नया चैनल है कुछ ही वीडियो हैं इस पर और कुछ ही सब्सक्राइबर हैं तो आप सीधा चैनल पे जाके भी देख सकते हैं आपको इजीली मिल जाएगी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर चैनल